इज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हे एक गेम प्ले बीडियो के साथ आ चुके हैं और आप देख रहे हैं वीकले जंडी गैमिंग और मेरा नाम है अनुज और आज हम बांग्लादेश सर्वर के सी एस रैंक गैम पेले पर पे आ चुके हैं और हमने लिया डीजे तो ये एम पी फाइव गैन तो वन टप मारने का प्रयास करते हैं और देखते हैं प्लेटे पर कितने बंदे हेवी है बंदे हैं नॉर्मल बंदे कैसे बंदे रहते हैं बट आई डी तो अभी ज़्यादा लेवल की नहीं है बट इसको एजी लेवल का वन टप लगा और एक और न साइज है है और ओ पी बोलते दो बंदे कोड से डाउन कर दिया है और एक को फिनिश करके एक बंदा सामने की दिया है बट इसको रिकॉल कर रहा था और हेड लग ही नहीं रहा था और उसने मुझे वहाँ डैमेज कर दिया है और मैंने की तरफ तो देता हूं और ओ मेरे एक नेपोलियन ट्रीम टीम ने फ्रेंड ने उसे डाउन कर दिया और लास्ट ने गेम पहले पूरा हम नहीं दिखा पाएंगे चार राउंड तो और इसी तरीके से